हाय गाय जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप पिंड में स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपने अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अप्लीकीसन को ओपन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल के अंदर जाएंगे प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद आपके सामने यहाँ पत्रप्लाइन दिखाई दे रही है आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेटिंग का आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आप थोड़ा तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने फिर से एक नए पेज ओपन हो गया इसमें आपको दो नंबर ऑप्शन है हेल्प सेंटर तो आप इस पर जाएंगे यहाँ पर आपके सामने नए पेज ओपन हो गया इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रिपल आइन तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा यहाँ पर दे रखा है इंस्टाग्राम फीचर मैनेजर अकाउंट प्राइवेसी एंड सेफ्टी तो आपको दो नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैनेजर अकाउंट तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन चार ऑप्शन फिर से आ गए हैं तो आपको अपने अकाउंट डिलीट करना है चार नंबर ऑप्शन आपको दे दे रहा है डिलीट और अकाउंट तो आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने नए पेज ओपन हो गया इसके अंदर आपके सामने तीन चार ऑप्शन आ गया है डिलीट और अकाउंट में एक नंबर दे रखा है How do I temporarily disable my Instagram account? अगर आपको अपने Instagram account को disable करना है तो आप एक नंबर ऑप्शन चूज़ करेंगे डिसेबल इस करने से आपका अकाउंट दूसरे जब कोई सर्च करेगा तब list लिस्ट नहींएगा disable करने से आप अपने account को कभी बाद में login करना चाहते हैं तो बाद में login इन भी कर सकते हो अगर आपको अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है तो आप दो नंबर ऑप्शन चूज How do I delete my Instagram account? अकाउंट फिर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना यहाँ पर आपके सामने एक नंबर ऑप्शन दे रहा है गो टू द डिलीट योर अकाउंट तो आप जिस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो गया यहाँ पर आपको अपना अपने अकाउंट को लॉगिन करना है अगर आपका अकाउंट फेसबुक से लिंक कनेक्टेड है तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक पर क्लिक करेंगे अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जा जाएगा यहाँ पर दे रहा है डिलीट योर अकाउंट फिर नीचे दे रहा है वाई डू यू वेंट टू डिलीट आपके यूज़र नेम आ जाएगा फिर आपसे पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हो तो आप इस एयर को पर क्लिक करेंगे या फिर आप एक रिजन चूज़ करेंगे जिससे आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते पर आपके सामने रि एंटर योर पासवर्ड आ गया है तो आप यहाँ पर अपना डालेंगे डालने के बाद आप थोड़ा करेंगे तो आपके सामने डिलीट आप आप करना तो आप पर फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा इसके अंदर योर अकाउंट विल बी डिलीटेड नवंबर उन्नीस दो हजार इक्कीस आपका अकाउंट एक महीने के अंदर डिलीट हो जाएगा अगर आप एक महीने से पहले अपने अकाउंट को एक बार लॉग इन कर लोगे तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा अगर आपने एक महीने तक अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं किया तो आपका अकाउंट इंस्टाग्राम से परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट नहीं करना चाहते रिकवर करना चाहते हो तो अपने अकाउंट को आप लॉग कर सकते हो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए धन्यवाद